अतुल की बात सुनकर ध्रुव ने धीरे से अपना हिलाया। तो जिससे देखकर आसपास का माहौल काफी परेशानी भरा देखने लगा फिर सभी की नजरों के सामने इमाद और उसका व्हाइट कैंक गौर से सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगे वो महसूस कर रहे थे कि नए स्टूडेंट्स उतने भी कमजोर नहीं थे जितना की उन्होंने पहले सोचा था और आखिर में नजरें घुमाते हुए सभी की नजर ध्रुव और उसके बाकी तीन साथियों पर पड़ी इस दौरान ध्रुव भी इमारत की तरफ देखे जा रहा था और उसने महसूस किया कि इमारत दिखने में बहुत हद तक शान की तरह ही लगता था लेकिन उसके शरीर से निकलती ढेर सारी शक्तियों के बावजूद ध्रुव को अपने दिल में इम से जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा था बल्कि वो तो आंखों में एक अजीब शांति के साथ उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा दूसरी तरफ इमाद और ध्रुव के ग्रुप्स को आमने सामने देखकर आसपास आस पास इकट्ठा हुई भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई वो बड़ी बेसबरी और बेचैनी के साथ ध्रुव की तरफ ही देखे जा रहे थे ध्रुव से कहा तुम ध्रुव हो ना मैंने ईशान के मुंह से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुनाया अब जो की मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ तो ये तो मानना पड़ेगा की तुम ताकतवर तो हो वही इमाद को इस तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ देख ध्रुव एक पल के लिए तो सोच में पड़ गया इसके अलावा उसे इमाद की आंखों में बदला लेने की एक अजीब सी आग भी दिखाई दे रही थी लेकिन फिर ध्रुव ने मुस्कुराकर सभी की नजरों के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो इमाद से हाथ मिलाने लगा मगर जैसे ही दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो अचानक से इमाद के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी वही उसकी शक्तियों से ध्रुव के कपड़े फड़फड़ाने लगे और साथ ही आस जो कमजोर लोग मौजूद थे वो भी अपने शरीर को पीछे होने से रोक नहीं पाए इसके अलावा ध्रुव के हाथ को जब इमाद ने पकड़ा हुआ था तब वो हाथ इमाद की शक्तियों से भर गया यह देखकर ध्रुव अचानक से घबराने लगा और उसने महसूस किया कि इमाद की शक्तियों की वजह से उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा तभी ध्रुव ने अपने शरीर में शक्तियां चाहिए लेकिन वो रोशनी जैसे ही ध्रुव के हाथों से बाहर निकलने ही वाली थी तभी अचानक इमाद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई फिर इमाद ने तुरंत अपनी उंगली उठाकर उससे ध्रुव की कलाई जोर से दबा दी और इमाद के इतना करते ही एक झटके में ध्रुव का हाथ तेजी से कांपने लगा और उसे इमाद की शक्तियां अपने शरीर की शक्तियों को रोकती हुई महसूस होने लगी इसके बावजूद की इस तुरंत अपना हाथ वापस लिया लेकिन ध्रुव भी देख रहा था कि इमाद अपना हाथ वापस ले रहा था और तभी उसे ऐसा करते देख ध्रुव ने तुरंत थोड़ी हरे रंग की रोशनी अपने हाथ से निकाली और उसे इमाद के हाथों पर छोड़ दिया इससे पहले की वो अपना हाथ वापस ले सके और जैसे इमा ने वो हरे रंग की रोशनी ध्रुव के हाथों से निकलते देखी तो उसने तुरंत अपनी शक्तियों से कवच बनाना शुरू किया। जो कवच उसके हाथ के ठीक सामने तैयार होने लगा तभी ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा इतना ही चलो अपना काम पूरा करो रोशनी और जैसे ही ध्रुव ने ऐसा कहा तो वो हरे रंग की रोशनी तेजी से उस कवच की तरफ बढ़ने लगी और फिर वो उससे टकरा कवच को तेजी से तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी उस शक्तियों से बने कवच के टूटने से एक छोटा सा धमाका हुआ और उस धमाके के तुरंत बाद इमाद के चेहरे पर हल्की हैरानी नजर आने लगी उसने देखा था कि कैसे ध्रुव की थोड़ी सी रोशनी ने उसके शक्तियों के कवच को तोड़ दिया था जिसकी इमाद को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसके तुरंत बाद ध्रुव की वो रोशनी तेजी से आगे बढ़ने लगी जिसके बाद वो इमात के पास पहुंचने के पहले ही अचानक हवा में गायब हो गई वही दोनों को इस तरह अपनी शक्तियां निकालता देख आस खड़े लोग समझ गए थे कि दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी अंदरूनी हिस्से में एक नया पड़ाव शुरू करने वाली थी तभी लीजा ने चिल्लाते कर करने लगे तभी जाता देख हिमाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुम लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हो मैं तो सिर्फ धुप के साथ मुकाबला करना चाह रहा था इसमें इस तरह नाराज होने की क्या बात है अंदरूनी हिस्से में इस तरह की मुलाकातें तो बहुत आम बात होती है समझदारी अगर तुमने ऐसा नहीं किया फिर तो तुम्हें हर तरफ से बेजती का सामना ही करना पड़ेगा जिस वक्त माद ये सब कह रहा था उस वक्त उसकी नजर ध्रुव परिटी की हुई थी उसकी बातों से भी ध्रुव को समझ आ गया था कि वो हकीकत में कहना क्या चाह रहा था हाथ मिलाते वक्त ध्रुव इमाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था जबकि इमाद ने तो ध्रुव को काफी दर्द पहुंचा दिया था वैसे तो इमाद ने बावजूद अपने साथियों को देखने लगा इतने में ध्रुव ने बिजोरा और बाकियों को इशारा करते हुए शांत रहने को कहा क्यूँकी ऐसे मुकाबलों में जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं होता था फिर जैसे ही ध्रुव का हाथ नीचे हुआ तो उसे महसूस होने लगा की उसका हाथ अभी तक का था इससे ध्रुव समझ गया था कि इमाद वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर था और अगर ध्रुव ने वक्त पर ध्रुव तो का इमाद से हमले से समझ गया था कि वो कितना शातर था यहाँ तक की इमाद ईशान से भी ज्यादा शातर था वैसे तो इमाद ताकत के मामले में ध्रुव से बहुत आगे था लेकिन इसके बावजूद उसने इस तरह छुपा हुआ हमला करना सही समझा उसकी इस हरकत को देखकर वैसे तो बहुत से लोग नाराज थे लेकिन उसका यह हमला असरदार तो साबित हुआ था इतने में मित्र के दिमाग में ख्याल धीरे से अपनी नजरें इमाद की तरफ करते हुए कहा तो लायक हो आज जो तुमने छोटा सा छुपे रोस्तम वाला हमला मुझ पर किया उसका असर तो मुझ पर जरूर हुआ है इसलिए मैं इस हमले को याद रखूंगा और वक्त आने पर यह हमला सूच समेत तुम्हें वापस लौटा दूंगा उस वक्त का इंतजार करना ये कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसे देखकर इमाद थोड़ा नाराज होने लगा जाहिर सी बात है कि जिस तरह ध्रुव ने अपने जज्बातों को काबू में किया था वो इमाद की सोच से भी आगे था इसके साथ ही इमाद की नजरों में एक पल पहले जो गुरूर दिखाई दे रहा था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा तभी इमाद ने अपनी भारी आवाज में ध्रुव को जवाब दिया अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मैं इमाद किसी भी वक्त तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ तुमने फरान को फंसा हमारे वाइट कैंग से बचने की अच्छी कोशिश की है इसलिए अगले छह महीनों में तो मैं और मेरा ग्रुप तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता मानना पड़ेगा सोच तो तुम्हारी को बर्बाद करता हूं। मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा अंदरूनी हिस्से के अपने नियम कानून होते हैं हर चाहे कोई बाहर कितना भी काबिल या ताकतवर क्यों ना हो अंदर आकर ताकतवर बनने से पहले तुम्हें जमीन पर बैठकर ताकतवर को सलाम करना होगा लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो बिना ताकत होने के बावजूद ताकतवर लोगों वाला गुरू लड़के तू तो खुद की बेजती करवाने के लिए ही यहाँ आया है वहीं लोगों के सामने ध्रुव की इस तरह बेजती होते थे, उसके पास ही खड़ीरा की आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक आ गई वो इस जानलेवा चमक के साथ इमात को ही देखी जा रही थी वो ध्रुप की लगातार बेजती कर रहा था इतने में ध्रुप ने भी अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए बगल में खड़े बिजौरा को शांत किया ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बिजौरा के शरीर से खून के रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी थी तभी ध्रुव ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बिजौरा को समझाया, बिजौरा इस तरह की जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है खुद पर काबू रखो इन्हें इनकी इस ऊंची हरकत का जवाब मिलेगा जरूर मिलेगा और ध्रुव की बात सुनकर बिजौरा एक पल के लिए तो झिझकने लगा लेकिन फिर उसने राजी होकर अपनी शक्तियां वापस अंदर करना सही समझा बिजौरा भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि मौजूदा ताकत के हिसाब से वो लोग इमार से मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक छह सितारों वाला द्रोण था इतने में एमाद ने गुर भरी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव और उसके साथियों की तरफ देखा और वो उनकी शांति को अपनी जीत समझकर वहां से जाने लगा लेकिन तभी अचानक उसे पास से किसी की आवाज सुनाई पड़ी बाकी लोगों के लिए ऐसा कुछ करना अपनी बेजती करवाना होगा क्योंकि उनके पास काबिलियत ही नहीं है लेकिन इमाद तुम क्या तुम्हारे पास भी काबिलियत नहीं है जो तुम इतना नीचे गिर गए और इस आवाज के तुरंत बाद इमाद ने गुस्से से पलट कर देखा कि आखिर कौन था जो उससे इस तरह बात कर रहा था तभी उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई थी जिसे देखकर उसने कहा मायरा आज तुम क्यों दूसरों के मामले में टांग टांगाने लगी इसके साथ ही वहां की भीड़ अलग होने लगी और सभी ने देखा कि सात से आठ ताकतवर लोग धीरे धीरे चलकर वहां से आ रहे थे वहीं उन लोगों में सबसे आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम मायरा था मायरा के पीछे जो लोग आ रहे थे वो भी खूबसूरत लड़कियां ही थी और सभी अपने सीने पर चांद का बैच लगाए हुए थी इससे समझ आ रहा था कि वो सभी लड़कियां एक ही ग्रुप की थी हिस्से में जहां सत्तर प्रतिशत से ध्रुव और इमात के पास आई और उसने हल्की नाराजगी के साथ इमात से कहा तो क्या चाहते हो तुम की मैं खड़ी रहकर ये देखूं कि तुम किस तरह नए स्टूडेंट के इस ग्रुप को अपनी ताकत का रौप दिखाते हो अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाकर नौशेरा और के सामने क्यों इस तरह की ताकत नहीं दिखाते? तुम, तुम नौ वो ताकतवर रैंकिंग के टॉप टेन में आया करते थे और वो दोनों नौ सितारों वाले द्रोण थे इसके अलावा वो दोनों जिस ग्रुप्स के लीडर थे वो ग्रुप्स भी अंदरूनी हिस्से के पांच सबसे ताकतवर ग्रुप्स में आया करते थे ऐसे में इमाद कैसे हिम्मत कर सकता था उनसे कुछ कहने की लेकिन अपने गुस्से के बावजूद इमाद ने मायरा से ज्यादा कुछ नहीं कहा कि छह महीने बाद मैं देखना चाहूंगा कि तू क्या बहाना बनाएगा मुकाबला ना करने का इतना कहकर एमाद अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा लेकिन तभी ध्रुव ने उसे जवाब देते हुए कहा छह महीने एक साथ घूम ले क्योंकि उसके बाद तेरे वाइट गैंग का नामो निशान भी अंदरूनी हिस्से में नहीं रहेगा वक्त कम है ध्रुव ने जैसे ये तो इमाद के कदम अचानक से उम्मीद करता हूं कि उस वक्त तू तो किसी लड़की के पीछे नहीं छुपा होगा ये कहकर इमाद वहां से चला गया उसके बाद जब लोगों ने इमाद और उसके साथियों को वहां से जाता हुआ देखा तो वो थोड़े मायूस हो गए कि उन्हें कोई रोमांचक मुकाबला देखने को नहीं मिला। तभी मायरा चलकर ध्रुव के पास आई और उसने धीमी आवाज में से मैंने तो ने उसे समझाते हुए कहा मायरा इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ दूसरे लोग ही हमें परेशान करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं हम तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं वैसे आज हमारी आवाज़ बनने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ अगर तुम्हें आगे किसी भी चीज़ की जरूरत हुई तो मैं ध्रुव जरूर तुम्हारी मदद करूंगा ये सुनकर मायरा ने अपना सर हिलाते हुए कहा तुम्हारी मदद इसके बारे में तो हम आगे जाकर ही बात करेंगे क्योंकि फिलहाल तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते इस पर ध्रुव मजबूरी में मुस्कुराने लगा और फिर उसने जैसे ही मायरा कोयरा और बाकियों से मिलवाना शुरू किया तभी अचानक टावर के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी तावर खोल दिया जाए। और उस आवाज के वहा गूंजते ही एक झटके में वहां होता शोर में खामोशी बदल गया जिसके तुरंत बाद सभी को उस टावर का पुराना और बड़ा सा दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया कैसे तैयार कर पाएगा ध्रुव खुद को छह महीने बाद इमाद से मुकाबला करने के लिए जानने के लिए सुनते रहिए दिवन नूनली आर्ज रिवांश के साथ सुपर